चाह कैसे आप लोग उम्मीद करते सब लोग अच्छा आगे वीडियो रहे तो गाइस देखो पिछले दिन में मैंने एक कॉन्टेक्ट फाइल अपलोड किया था वो कॉन्टेक्ट फाइल आप लोगों ने बहुत सारे बंदों ने यूज किया और बहुत सारे बंदों ने यूज़ नहीं भी किया उसके लिए थैंक यू तो वैस पिछले बार के वीडियो में मैं आपको बता दिया था जो मेरे लिंक से आपको कैसे कॉन्टेक्ट फाइल डाउनलोड करना है वो भी मेरा कॉन्टेक्ट फाइल तो देखो मैंने लिंक बहुत ही आसान कर दिया बस आपको डाउनलोड प्रोसेस का कोई ज़रूरत भी नहीं है अगर फिर भी आपको डाउनलोड प्रोसेस की जरूरत है तो मैं कमेंट आप क्या कर सकते हो तो मैं उसका भी एक वीडियो ले आऊँगा वो वीडियो बहुत छोटा होगा तो आप देखो आज का जो कॉन्टेक्ट फाइल होने वाला है ये फुल्ली एंटी बैन और ड्रैग हेडशॉट शॉट फाइल होने वाला है मतलब ये तो एंटी बैन तो है पर आपको इसको ड्रैग करना पड़ेगा तभी आपको हेडशॉट लगेगा ये बात आपने कांट पे डाल लो वरना बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं फिर हमको ही बोलते हैं हमारा कॉन्टेक्ट फाइल काम का नहीं है तो देखोगा इस मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ मेरा कॉन्फ्रेट कैसे टाइप के होते हैं तो देखो मेरा कॉन्फेक्ट फाइल में आपका एकदम पॉपर्ली हेडसॉट नहीं लगता मतलब आपके थोड़े बहुत नहीं बहुत ही सेंसिटिव हाई हो जाते एकदम आईफोन की तरह वो आप फील नहीं करते जब आप ड्रैग करोगे तभी आपका सेंसिटिव हाई होता है इसलिए आपको पता नहीं चलता और यही चीज़ मतलब गहना वाला डिटेक्ट नहीं कर पाते और आपका आई ब्लैक लिस्ट और बैन कभी नहीं होता तो यही रीज़न है रॉय मास्टर का कॉन्टेक्ट फाइल दुरा अलग और दुरा हटके होता है तो देखो ये फुल्ली एंटी बैन है ये एम बॉर्ड भी है मतलब थोड़ा सा भी मतलब बॉडी पे कनेक्ट करो फिर आप ऊपर तो लेके ड्रैग करोगे तो आपका हेडशर्ट लगने वाला है मतलब ये एकदम एंटी ब्लैक लिस्ट है मतलब ब्लैक लिस्ट और हो बैन होने के बाद आपको कान से हटा लेना है मतलब दिमाग से हटा लेना है ये चीज़ जो होगा इस कॉन्फिफ्रेंस है मैं आपको एकदम गारंटी देकर कह सकता हूँ ये कॉन्फिफ्रेंस आपका आई बैन नहीं होने वाला है तो चलो अप्लाई प्रोसेस दिखा देते हैं तो पहले बोल रहे हो पासवर्ड वीडियो में पूरा वीडियो वॉच करो तो देखो यहाँ पे फ्री फायर फ्री फायर मैक्स है आपको इसे एक्सप्लोर कर लेना पासवर्ड दे तो मैंने इसके अंदर ये जो फाइल है मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको सिंपली बाहर चला जाना है ये पूरा फाइल आपको कॉपी कर लेना है क्या फिर कट कर लेना है तो देखो मैं मैक्स खेलते हूँ इसलिए मैक्स वाला कर लिया आप जो भी खेलते हो फिर आपको डिवाइस मेमोरी एंड्रॉयड डेटा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्कोर डाउन करके जैसे कि आप देख सकते हो और आपको सिम्पली पेस्ट कर देना है